नमस्ते डीके हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है इसमें कहा गया है बिहार एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सभी नियोजन के सभी चरणों में मौका दिया जाएगा नियोजन के लिए तथा दो से लेकर अब तक जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं टीचर प्रमाण पत्र उनकी वैधता आजीवन मान्य रहेगी तो सबसे सब पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि से संबंधित सूचना का सभी वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो यहाँ देख सकते हैं एस 2019 शिक्षा विभाग ने जारी कर दी अधिसूचना देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति में सभी सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर यानी शिक्षक नियुक्ति में जितने भी स्टूडेंट्स अभ्यर्थी सफल हैं कैंडिडेट सफल हैं उनको अवसर दिया जाएगा ये देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने एसटी एसटीटी एस व दो, दो में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है एस टी में न्यूनतम अंग के आधार पर सफल घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें और आगामी शिक्षक नियुक्ति के सभी चरणों में नियोजन का अवसर दिया जाएगा स्पष्ट दिया गया है 2011 और 2019 में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है एस 2019 में न्यूनतम अंक के आधार पर सफल घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें और आगामी शिक्षक नियुक्ति के सभी चरणों में नियोजन का अवसर दिया जाएगा यही अवसर एसटीटी 2011 के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि गठित विभागीय समिति की सिफारिश पर लिया गया है अधिसूचना के मुताबिक समिति ने एसटीटी 2011 के परिणाम में सामंजस्य स्थापित करने और नैस नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एस टी के परिणाम में सम्मिलित सभी यहाँ देख सकते हैं स्पष्टता दिया गया है एसटीटी 2011 के सभी अभ्यर्थियों को भी सभी चरणों में नियोजन का मौका मिलेगा यहाँ देख सकते हैं एसटीटी 2011 के सभी अभ्यर्थियों को सभी चरणों में नियोजन का मौका मिलेगा शिक्षा विभाग ने गठित की थी समिति उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने बाईस जून को ग्यारहवीं एस के अभ्यर्थियों की लाइफ टाइम पत्रता को स्पष्ट करने यहाँ देख सकते हैं उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने बाईस जून को ग्यारहवीं एसटीटी के अभ्यर्थियों की लाइफटाइम टाइम को स्पष्ट करने और एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में उपजे विवाद के समाधान के लिए गठित समिति गठित की थी शिक्षा विभाग ने उसी समिति की अनुशंसा पर निर्णय लिया है बच्चों के हक़ में लिया गया, गया निर्णय विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, ने कहा कि एस रिजल्ट के दौरान आए विवाद पर विभाग ने पूरी जवाबदेही से अभ्यर्थियों के हक में निर्णय लिया विभागीय अधिसूचना के बाद एसटीटी के परिणाम में जुड़ी मेट मेरिट लिस्ट अर्थहीन हो गई है अब जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह सातवें और अन्य चरणों के नियोजन के लिए पात्र होंगे स्पष्ट यहाँ किया गया प्रमाण पत्रों की मान्यता लाइफ टाइम तक होगी शिक्षा विभाग की तरफ से गठित समिति ने साफ किया कि ए Nct के हालिया आदेश के आधार पर, पर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियोजन के लिए एसटीटी के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता यहाँ स्पष्ट किया गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक मध्य नियोजन के लिए एसटीटी के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को लाइफ टाइम तक स्वीकार कर लिया गया है लिहाजा 2011 एसटीटी की मान्यता लाइफ टाइम के लिए स्वाभाविक तौर पर मिल चुकी है विभाग के आदेश से स्थिति साफ़ है कि 2011 एसटीटी ग्यारह एस टी टी के अभ्यर्थी आगामी नियोजन के लिए निर्धारित उम्र तक पात्र होंगे ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी कही जाएगी 2011 और 19 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी अब नियोजन के लिए पात्र होंगे यहाँ स्पष्ट दिया गया है धन्यवाद